वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिटर ट्रेड थ्योरी का एक नया टॉपिक लेकर के आया हुआ हूं, जो कि ही है हीट ट्रीटमेंट मतलब उष्माचार उष्मा उपचार किसे कहते हैं इस्पात या अन्य धातुओं के उष्मापचार द्वारा कुछ आवश्यक या कुछ विशेष गुण पैदा किए जाते हैं जिससे उन पर मशीनिंग क्रियाएं की जा सके इस कारण से हम कुछ क्रियाएं करते हैं वह हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। अब देखेंगे हीट ट्रीटमेंट करने के उद्देश्य क्या क्या है सबसे पहले देखें हीट ट्रीटमेंट किस लिए किया जाता है बढ़ाने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोसेस किया जाता है। है है। नेक्स्ट पॉइंट मशीनिंग आसानी की जा सकती अगर हम किसी मैट का हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो जो भी मशीनिंग प्रोसेस किया जाता है वे बिल्कुल नेक्स्ट हमारा है। है प्रोडक्ट की लाइफ प्रोसेस को करने से जो भी गुण होते हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाती है नेक्स्ट हमारा ये जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, है मशीन जाती इसके द्वारा। नेक्स्ट हमारा स्टील में मार्टन साइड के गोल व छोटे ग्रेन्यूल बनाए जा सकते हैं अब सबसे अधिक मुलायम धातु संरचना है टेनसाइल स्टेंड स्की 200 सौ तो के इट जो है सबसे हार्ड प्रोसेस है इसमें शुद्ध सीमेंटाइट में सिक्स पॉइंट परसेंट कार्बन होता है इसके रासायनिक कारण का फार्मूला है F3O, F3O. ये इसका फार्मूला है अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ये भंगुर होता है मतलब ये ब्रिटेन होता है और इसकी टेंसाइल 350 केजी प्रति सेंटीमीटर होती है टेंसाइल इसकी इसकी 350 केजी प्रति सेंटीमीटर होती है। ये तो हमारा टाइट हो जो है। अब हम देखेंगे पियर लाइट पियर लाइट क्या है ये आयरन में 0.83 परसेंट कार्बन तक मिलाने पर सीमेंट टाइप फेराइट के साथ मिलकर पियर लाइट बनाता है मतलब आयरन में 0.83 परसेंट कार्बन मिलाकर मिलाने पर बने सीमेंट टाइप का निर्माण होता है फेराइट के साथ मिलकर यह पियर लाइट बनाता है यह हमारा पियर लाइट अब हमारी नेक्स्ट संरचना आज के नहीं, ये जो होती है इसकी संरचना काफी हाँ। के नमूने तो समान समान से से गर्म गर्म किया किया जाता है। मतलब किया जाता है तो जाता है मतलब जब किसी को परंतु सात सौ तेईस डिग्री पर जाकर कुछ समय के लिए बढ़ना बंद हो जाता है तथा यह कुछ समय बाद धीरे धीरे बढ़ता है अब हम देखेंगे इस इस्पाक में कार्बन सभी मात्राओं के लिए लोवर पिटकर टेम्परेचर जो होता है वह सात सौ डिग्री होता है जो तो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है इसके बाद जबकि जब जबकि जीरो पॉइंट एट परसेंट से कम कार्बन इस इस्पाक में सात सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा तथा तथा लाइट लाइट का का मिश्रण होता होता है तो होता है 0.83 से अधिक कार्बन में डिग्री सेंटीग्रेड पर सीमेंट निर्माण जो कि इस ग्राफ के माध्यम से आप देख रहे होंगे अब मैं आपको तो बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज है 0. ये बनती है। जब ये दोनों पॉइंट आपस में मिलते हैं, तो इसकी संरचना जो बनती है, है। वो हमारी कहलाती प्लस टाइम। तो आप तो आपको बताया किस तरीके से टेम्परेचर और टाइम के बीच में वर्टिकल और समझाया हुआ अब हम देखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज क्या होता है इस में क्रिटिकल पॉइंट पर कार्बन की परसेंटेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जीरो पॉइंट एट थ्री परसेंट कार्बन होने पर अपर तथा लोअर क्रिटिकल पॉइंट मिल जाते हैं इन दोनों क्रिटिकल पॉइंटों के बीच इस पार्क में उपस्थित कार्बन आयरन घुलता है तथा अपर पिटल पॉइंट पर पहुंचने पर तक पूर्ण रूप से घुल चुका होता है किसे कि हम आस्टेनाइट कहते हैं फेराइट प्लस प्लसलाइट फेराइट प्लस पियर के मिलने से जो हमारा बनता है वह मार्टिलइट रचना पाई जाती है फेराइट क्लियर लाइट के बनने से हमारा हार्ड डेयर साइट की संरचना सा होती है टू स्टार्ट करूंगा जो कि कंप्लीट कर दूंगा मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माय हाँ वीडियो